गाइस कैसे हो आपसे वही करता मै यार सारे अच्छे हो गए एंड आज आपको तुम्हारा भाई लेकर आया तुम्हारे एक बहुत बड़ी खुशखबरी तो यार डायरेक्ट तुम्हें मुद्दे की बात पर आते हैं तो क्या होता था ना पहले अरे आप किसी को मेंशन करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने पड़ते थे बट ऐसा नहीं है अब आप, आप किसी को भी मैंशन कर सकते हो विदाउट वन क्रिएटर हो जीरो सब्सक्राइबर भी आप किसी को मैंशन कर सकते मैं सिक्यूर इतनी बड़ी खुशखबरी कह रहा हूँ क्योंकि यार क्या होता है ना अगर यूट्यूब आपकी वीडियो पर हंड्रेड इंप्रेशन बेचता है सो so, अगर आप किसी बड़े क्रिएटर को लाइक कैरी मनाटी जैसे बड़े क्रिएटर को अगर आपनी वीडियो में मेंशन करते हो टाइटल में तो यार YouTube आपके इंप्रेशन 100 से 500 तक भेज देता है तो इससे आपकी वीडियो को वायरल जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खुशखबरी भी है कि आप क्या करते थे ना पहले वीडियो को अपलोड कर देते थे फिर उसके बाद आपको समझ में आता था ये पार्ट नहीं डालना था यार ये गलत डाल दिया तो उसके बाद आपको वीडियो पूरी डिलीट करके फिर से एडिट करके डालने की कोई ज़रूरत नहीं है आप अपलोड वीडियो को करेक्शन कर सकते हो देख सकते हो तो यार पहले कित लगे आपको ये दोनों तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय